तुम्हें तो मुरे तो मुर दे, दे। तो तो देखी मोर दिल जा रूपा मन मोरे दिल हर मोहन रूप मोन मोहिला मुस्का के बोल दिल में दिल मेरे दिल पहली नजर में यार मिले नयना कर झोर खाबे दिला है राजा होरे मन डुबा दिला दिल पहली नजर में यार मिले तोके देखिके मोर दिल में रे कोना तो फूल में तो ए जड़ी खिल जाके ला तोके देखिके मोर दिल में रे मनुष्कर कहला In my dreams, I feel me. मेरे, तो ये जोड़ी मुर्दिल में